हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो आज गाय इस वीडियो में बात करेंगे डेली वेजर्स के बिग अपडेट के बारे में तो गैस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर हम मतलब चौथा पे कोई नया है चाहे सब्सक्राइब करें और एक घंटी का ऑप्शन आता है उससे प्रेस करके पे प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें तो गए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैस ले चलते हैं आपको नोटिस की तरफ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूव ठीक है यहाँ पर मूव एम्प्लॉय इस्पेक्टिव ऑफ वैदर डे मूव टू जी श्रीनगर वर्क फ्रॉम जम्मू दिस इजलेशन इन कोविड जे एंड के लेफ्टिनेंट गर्नल मनोज सिन्हा ठीक है तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी एम्प्लॉयज हैं चाहे वो डेली वेजर्स हैं चाहे वो परमानेंट हैं और जैसे, जैसे कि अगर वो जम्मू से है वो श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर से है यहाँ पर आते हैं तो उनको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर एम्प्लॉय को मिलेगा तो गाइज यही एक नई नोटिफिकेशन है तो गाइज इसके अलावा गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं गाइज अभी कोई नई अपडेट नोटिफिकेशन में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग लगे तो वीडियो को लाइक करें थैंक यू सो मच